नहीं दी आज्ञा नहीं दी तो वे ये चाहते थे कि फिर मैं गुरु की आज्ञा नहीं हुई तो मैं सिद्धाश्रम तक तो नहीं पहुंच सकूंगा मुझे क्या करना है उन्होंने परमुज सदुदेवी के चरण में प्रार्थना की कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे आप प्रसन्न हो और मैं कोई मार्ग नहीं है आप मुझ पर कृपा करें ऐसा उन्होंने बाद का नाम निश्चरेश्वर जी हो तो वे बहुत दिन तक यही बात कहते रहे की प्रभु मुझे क्या करना है मैंने किस तरह एक एक एक ललक थी थी उनमें भावना कि कि मैं क्या करूं और किस तरह पहुंच जाऊं तो गुरुजी ने कहा तू तू कोई एक ऐसा का कार्य बता दे जिसके कारण संसार में प्रसिद्ध है अब उन्हें लोक कल्याण का कार्य क्या करें इसके लिए ढूंढते रहे कि क्या करना चाहिए उन्होंने लगा गुरुकृपा से बढ़कर कुछ नहीं है और उन्होंने एक ऐसी जगह जहां पहाड़ के ऊपर इतनी ऊंचाई पर अगर आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो हम जोशीमठ जाने से पहले एक बहुत बड़ा पहाड़ आता है और पहाड़ पर चढ़ना ही कठिनाई है वो बिना खाए पिए एक-एक पत्थर जोड़कर उन्होंने उस पहाड़ पर स्वामी निकले का स्वामी का मंदिर बनाया और वे वहीं साधना रत रह गए तो साधना रत गए और उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपका मंत्र करना चाहता हूँ और आपके मंत्र से मैं उस साधना को सम्पन्न करता हूँ सिद्धाश्रम और उन्होंने निर्णय किया घूमते कि कुछ तो कुछ तो थे, थे गुरुमंडल पर तो उनकी स्थिति देखी कि वो सूख कर लगड़ी हो गए थी उनको उनके पास कुछ भी नहीं था उस पहाड़ पर उन्होंने स्वामी विश्वेश्वर मंदिर देखा उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वे आज मरे या कल तो जो सिद्धेश्वर योग का सिद्धाश्रम की जाते जाते उन्होंने देखा कि एक ऐसा आदमी यहाँ बैठा हुआ कुछ कार्य कर रहा है वो उनके पास उतरे और कहा भाई इतने पहाड़ पे आए हो यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं, नहीं मिलता पानी नहीं है कितने दिन से तुम यहाँ हो तो उनने कहा कि मैं इक्कीस दिन से यहाँ हूँ और स्वामी विकले जी का मंदिर यहाँ बनाना चाहता हूँ बड़े ये किस लिए कर रहे हो तो मुझे स्वामी विकलेशन जी की कृपा प्राप्त करनी है और सिद्धाश्रम पहुँच रहा है हंस गए और, और बोले आज के पास पहुंचना क्या बात मामूली कृपा प्राप्त करना क्या मामूली बात है तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता तो निश्चय कर लिया तब उन योगियों ने देखा कि रूप से प्राण त्यागेगा उन्होंने सिद्धाश्रम के योगी स्वामी के चरणों में प्रार्थना की प्रभु इनको पर, इनके ऊपर करो इनके ऊपर कृपा करो प्रभु ऐसे उन्होंने प्रार्थना की तब उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हुए उनको शक्ति प्रदान करते हुए स्वामी को उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप ये पूजा कर तो पूजन करो उस स्वामी स्वराम जी ने उस तरह जो सिद्धाश्रम के योगी थे उनके कहने पर उन्होंने उस गुरुपालुकाओं का पूजन स्वामी निकले स्वराम जी का पूजन किया पूजन करने के बाद स्वामी उन्हें उसी पर्वत पर प्रसन्न हो गए और कहा कि बेटा को तो क्या चाहता है प्रभु या तो प्राण चले जाए या फिर मैं आपका नाम लेकर सिद्धाश्रम पहुंचूं सिद्धाश्रम गुरु जी ने उसके उनके ऊपर कृपा की उस पूजन से उस साधना से जो एक ही दिन गुरु पूर्णिमा के दिन ही की जाती है बाद में इस साधना को गुरुपुर की सेवा कभी भी किया नहीं जाता ऐसी गुरु की की की साधना सिद्धि, सिद्धि, वेदों देख मैं यहाँ से जैसा ही चलते जा रहा हूँ तुझे देखना मैं जैसा जैसा चलते चला हूँ तू मेरे पीछे चलते हुए आना उसने कहा प्रभु मेरे में शक्ति ही नहीं है मैं वहां तक कहा इतने स्पीड में चले जाएंगे जल्दी जाएंगे कि मैं आपको पकड़ भी नहीं सकता और स्वामी जी के उस पाद बदमा को देखते हुए आगे बढ़ा और जैसा ही पहाड़ के नीचे तक आया उसको फूल नहीं दिखा अब वो क्या यहाँ से तो फूल नहीं दिख रहा है क्या करना चाहिए उसने देखा नीचे एक बहुत बड़ी नदी बह रही है और नदी बह रही है तो इस नदी को पार नहीं कर सकते फूल नहीं दिख रहा है अभी बहुत देर विचार करता रहा की स्वामी क्ले ने कहा है कि तो जैसा ऐसा मेरे चरण दिखेंगे मेरे, मैं मेरे फूल रखते जाऊंगा और तुझे यहाँ से चलना होगा तो उसने देखा की अभी आगे नदी है खाई की तरह है अभी जाना कैसे चाहिए तो उसने देखा की एक, एक एक फूल ऐसा नीचे उतर रहा है जो पार्वत्मा का कमल का उस पर नीचे उतर रहा है अरे रे उसने कहा तो ये विधान है उन्होंने उस फूलों को देखकर वहां से एक बर्फ कूद गया नीचे नीचे कूद गया तो सीधे सिद्धाश्रम के गेट पर ही पूजा और जी का नाम लेकर स्वामी को बताया है आज्ञा है। तो देते तो तुम हैं और वो सिद्धाश्रम के गुरु पूर्णिमा के दिन ही उस सिद्धाश्रम में प्रवेश कर चला गया तो ऐसी साधना ऐसी साधना इसके बारे में भी और एक बार भी कहा जाता है की एक बार स्वामी जो शंकराचार्य की परंपरा में जगत गुरु कहलाए बाद में की भी हुए उनके जीवन में भी ऐसी ही एक घटना घटी जब वे जा रहे थे तो उनको भुवनेश्वरी की साधना करने की इच्छा हुई उन्होंने विरुपाक्ष स्वामी के पास गए और भुवनेश्वरी की साधना संपन्न कर रहे भुवनेश्वरी की साधना संपन्न कर रहे थे तो उन्हें भुवनेश्वरी की साधना संपन्न करते करते उन्हें लगा की प्रभु मेरा देश लुटा जा रहा है बहुत सारे उन्होंने उनको के, के उन्हों कब दुख हुआ कि जब मुगल लोग श्री रंगम पर आकर अटैक करने वाले थे और सभी वहां के पूजारियों ने यही निर्णय किया कि स्वामी श्रीरंग की मूर्ति जो है उस मूर्ति को वहां से हटाया जाए तो उनको ये बहुत दुख की बात लगी कि वो मुसलमान या वो मुगल जो मंदिर को और कहा कि महाराज जी आज अगर हमारी स्थिति ऐसी है तो हम आगे क्या करें हम उसके भय से देवताओं को मंदिरों को मंदिरों में देवताओं को हटा रहे हैं। ऐसा किस तरह हो सकता है तब उन्होंने कहा कि विरोपक्ष हम पी विरूपाक्ष के पास जाओ और वहाँ जो तविधर है वहाँ आप आपको वहां उसका प्रति उसकी इच्छा मिल जाएगी तब तक तो ये ब्रह्मचारी थी जैसा ही भुवनेश्वरी माता के पास जाकर बैठ गए और उन्हें कहा कि माँ इस स्थिति को तो मैं नहीं देख सकता इससे कुछ ना कुछ करो कि मेरा देश हम भी स्वतंत्र हो हम भी एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की तरह हमारा जीवन जिए हमारे एक एक हिंदू मर रहा है मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और इसे तो उन्होंने कहा भुवेश्वरी की, की साधना अपने गुरु के, कहने पर कहने करने के लिए बैठ गए लेकिन इतना भुवने की साधना करें उन्हें कोई भी दुष्टांत नहीं हुआ तो उन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन विद्यारंदवा गुरु के पास गए और कहा कि मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि मैंने इतनी भुवनेश्वरी साधना की अगर ऐसा ही साधना करता रहा तो मेरे देश के लोग रुके जाएंगे मंदिर गिराए जाएंगे और मेरा मेरे, मेरा उद्धार नहीं होगा प्रभु आज गुरु पूर्णिमा है आप कुछ ऐसा करो कि मुझे स्वामी भुवनेश्वरी साक्षात दर्शन दें और मैं देख सकूं कि मुझे मेरे जीवन में क्या करने का है तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता उन्होंने कहा क्या, क्या करना है अगर तुम्हें हिंदू साम्राज्य की स्थापना करनी है तो धन चाहिए धन चाहिए, तो तुम हिंदुओं को धन दे, उनको धन दौलत दे उनको क्षत्रियता दे उनको तलवार दे घोड़ा दे हाथी दे ये सारी चीजें हों उनको एक राज्य हो तो कुछ कर सकते हैं और धन की कमी हमारे पास थी धन को सारे तक से लुटा गया था धन हमारे पास नहीं था तब उन्होंने अपने गुरु से प्रार्थना की कि मुझे क्या करना है तो की साधना करते समय तो रोते पे, में सोते हैं और कहते हैं कि कि मुझे ये बता दे कि किस तरह धन इकट्ठा करके तू राज्य की स्थापना नहीं करेगा उनको बहुत दुख हुआ उन्हें याद आया इस जन्म में नहीं मिला तो मां यह देख ले अगर कोई भी या कोई भी अपना अगर जनेऊ तोड़ कर तो सन्यास, सन्यास देता है तो उसका दूसरा जन्म कहा जाता है ले में, में जनेऊ तोड़ रहा हूँ और मैं तेरा दूसरा जन्म चाहता हूँ और मेरा नाम उन्हें का नाम विद्या रखा तो माता ने के कहा मैं तेरे विजय स्थापना तो की, की, की, की जो साधना उन्होंने गुरु पूर्णिमा के लिए आज कम से कम डेढ़ हजार साल पहले की बात है जो उन्होंने की थी वही साधना में आज आप सभी लोगों को सा, एक सामर्थ्यवान शिष्य बनाने के लिए करवाना चाहता हूँ गुरु पूर्णिमा है लेकिन इसका समय हम शाम में छ से आठ के बीच में करवाऊंगा हूँ संध्या समय में इस साधना, करनी चाहिए। और साधना का विधान स्वयं मैं बैठ के करवाऊंगा क्योंकि आपके बस की बात नहीं है आज गुरु पूर्णिमा है गुरु पूर्णिमा के दिन जो जो भी हम परम गुरु जी के बारे में करना चाहते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे लेकिन गुरुकृपा प्राप्त करके हम असमर्थ नहीं दिए